हमारे चंद अच्छे दोस्तों ने ये खुद से वादा किया हुआ है कि शक्ल अल्लाह ने अच्छी दी है तो बात अच्छी नहीं करेंगे